अटल बिहारी वाजपेयी जिनका जन्म था प्रधानमंत्री रहे भारत के तीन बार भारत तो रत्न सम्मान से सम्मानित व्यक्ति उन पर एक कविता सीधे सीधे आप तक ये अटल थे अटल हैं अटल ही रहेंगे न तब डरे थे न अब डरे हैं न कल ही डरेंगे मित्र ही नहीं शत्रु भी कहेंगे अटल थे अटल हैं अटल ही रहेंगे राजनीति नहीं देश हित के लिए लड़ेंगे तो क्या हुआ इंदिरा के साथ ही में खड़े रहेंगे। अकल थे अकल हैं अकल ही रहेंगे पिछले पचास वर्षों में जो हुआ उसका भी गुणगान करेंगे जो ठीक ना था उस पर भी वार करेंगे देश हित के लिए अगर प्रतिपक्ष का पक्ष रखना हो सिनेमा में हम भाषण पढ़ेंगे अटल थे अटल हैं अटल ही रहेंगे तेरह महीने की सत्ता पाकर किया विस्फोट चिल्लाता रहा अमेरिका लगा न सका हम पर रोक आखिर हम किस बात से डरेंगे अटल थे अटल हैं अटल ही रहेंगे एक वोट से खोई सत्ता एक वोट से खोई सत्ता पर राजनीति में हम खरीद फरोख्त ना करेंगे अटल थे अटल हैं अटल ही रहेंगे चौबीस पार्टियों की सरकार बनाकर चौबीस पार्टियों की सरकार बनाकर देश हित में आगे हम बढ़ेंगे विचार अनेक विचार अनेक पर देश एक या भाव हम करेंगे अटल थे अटल हैं अटल ही रहेंगे कारगिल के युद्ध पर पाकिस्तान का मुंह हम तोड़ेंगे कारगिल के युद्ध पर पाकिस्तान का मुँह हम तोड़ेंगे लेकिन गुजरात जब हो अपने देश में अपने मुख्यमंत्री को राजधन का संदेश हम पढ़ेंगे अचल थे अचल हैं अटल ही रहेंगे न तब डरे थे न अब डरे हैं न कल ही डरेंगे मित्र ही नहीं शत्रु भी कहेंगे अचल थे अचल हैं अटल ही रहेंगे